स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर कर हैं आपके लिए LCD पैनल के बहुत ही सुंदर डिजाइन दोस्तों हमारी इस वीडियो में LCD पैनल के न्यू डिजाइन दिखाए गए हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेलाइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा वाच करें धन्यवाद दोस्तों